माल लो मैं सब्जी वाला हूँ सब्जी खरीदने आओ चलो ओके okay. ये सब्जी ये आलू ले भैया <laughs> uh, मुझे hey, भैया क्या बोनी खराब कर रहे हो एक्सक्यूज मी या अच्छा मैं तो सब्जी वाला सॉरी क्या <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. okay, एक किलो टमाटर देना कितना पांच सौ क्या 500? क्या 500? इतनी छोटी सी इतना पैसा कमारी कहाँ लेके जाओगी देना पांच सौ भैया सुना आपकी पिक्चर बड़ी हिट हो गई है तो मुझे में दिलवा दो अपनी मार ले भाई मार ले ले मार ले मार भाई मैं पीछे के खड़ा मार ले, ए, ले पूरी रेड़ी आपकी कमाल कर रही हैं आप भाई, भाई। भाई।